मिले हैं नसीब से आएगा ये का। मैं का ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नगम नग्मे वो धोबे ठहर जा मैं खाब खब सा तेरी आँखों में झाँक रहे हो रे ओ हबत का मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से करार था खान kasam se kasam se sunn na sunn abhi kaise tu so na bin aaye mera kitne nahi ho dil le lagna <laughs> tu khre tere samere mera dil jip falap के मैं वाहर तेरे का तुझसे तू तू सिंगार मेरा तो मैं तेरे मैं जित जित जाहिरी है तेरा गया करे कोशिश मैं करी तुझको भूल पाओ तक जाऊंगा इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं भूलना पाऊंगा